अपने देश से प्यार करने वाले एक फौजी ने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन लिखी है कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं लेकिन मरते वक्त धरती हिंदुस्तान की हो अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना जय हिंद